एमपी के गृह मंत्री मिश्रा ने कांग्रेस पर फिर हमला बोला और कहा आदिवासी वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं आदिवासी वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह और लक्ष्मण सिंह एक ही परिवार के हैं तीन तीन लोग एक परिवार से हद कर दी कांग्रेस ने लेकिन अच्छी बात यह है की किसी का तो जमीर जागा लक्ष्मण सिंह ने किसी आदिवासी नेता को अधिवेशन में ले जाने की पैरवी की है चलो किसी का तो जमीर जागा वास्तव में हद करती है कांग्रेस एक ही परिवार के तीन तीन लोग और तीनों का चलावा आदिवासी नेता हीरालाल अलावा उसके साथ कर दिया छलावा अब कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आदिवासी उनके लिए वोट बैंक से, से ज्यादा कुछ भी नहीं है ये स्पष्ट हो गया जमुना दे जी के बाद में, भूरिया जी के बाद में बलबीर सिंह जी के बाद में ये साबित हो गया कि आदिवासियों को कांग्रेस वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का